सिर्फ तीन सेकेंड जी हाँ सिर्फ तीन सेकेंड आपकी जिंदगी बदल सकते हैं आपको निराशा से आशा की तरफ लेकर जा सकते हैं आपको असफल से सफल बना सकते हैं और आपकी लाइफ में मौजूद दुखों को खुशियों में बदलने की ताकत रखते हैं कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ पहली बार में ये बात आपको इम्पोसिबल लग सकती है लेकिन ये बात न केवल पूरी तरह से पॉसिबल है बल्कि प्रैक्टिकल भी है और मैं खुद इस तरीके को अपनाकर हर रोज खुद को थोड़ा और बेहतर करता हूँ दोस्तों तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप कोई भी एक्शन लेने के पहले सिर्फ तीन सेकेंड सोच ले तो नतीजे बिल्कुल अलग हो सकते हैं सिर्फ तीन सेकंड सोच और फिर कुछ करने या कहने ऐसी आपके पार्टनर ऐसी आपकी लड़ाई के चांसेज बहुत कम हो सकते हैं अगर आप अपने बच्चों को गुस्सा करते हैं तो सिर्फ तीन सेकंड सोच लेने पर आपके गुस्सा करने की आदत खत्म हो सकती है अगर आपको दफ्तर में तरक्की नहीं मिलती तो तीन सेकंड का सोचना और जवाब देना आपको वहां भी तरक्की के रास्ते खोल सकता है इनफेक्ट जंग और खेल के मैदान को छोड़ दिया जाए तो ये आदत हर जगह फायदा पहुंचा सकती है अब आपका सवाल होगा की तीन सेकेंड सोचने से आप दुनिया की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं तो जवाब बहुत ही सिंपल है होता यह है की हमें से लगभग सभी लोग किसी ना किसी तरह अपनी पहली इंपल्स पर एक्शन लेते हैं लेकिन कई स्टडीज ने ये बात साबित करी है कि पहली इंपल्स हमेशा सही नहीं होती लेकिन अगर आप सिर्फ तीन सेकंड तक रुक जाते हैं तो आपके दिमाग में एक नई सोच या एक नई इम्पल्स आती है और वो नई इम्पल्स आपको बेहतर डिसीजन लेने में मदद कर सकती है तीन सेकंड का वक्त आपको बहुत थोड़ा सा लग सकता है लेकिन हमारा दिमाग इस थोड़े से वक्त में करोड़ों कैलकुलेशन कर लेता है और फिर एक ऐसा डिसीजन लेता है जो आपके लिए सही होता है इसे मैं आपको कुछ उदाहरण लेकर बताता हूँ मान लीजिए आपका बॉस आपसे कहता है कि हमें एक नया काम इस हफ्ते के खत्म होने के पहले करना है आपके ऊपर पहले से ही छह कामों का लोड पड़ा हुआ है और अब आप बॉस को ना करने का रिस्क भी नहीं लेना चाहते तो आपकी फर्स्ट इम्पल्स आपसे कहेगी इस काम के लिए ना कहते भाई हाँ बोला तो फंस जाएगा या फिर आपके दिमाग में पहली इम्पल्स आएगी चल हाँ कह देते है अगर अभी ना कह दिया तो बाज गुस्सा हो जाएगा बाद में अपन निपट लेंगे और जैसे ही आप अपने फर्स्ट इंपल्स पर एक्शन लेते हैं वैसे ही आप खुद को प्रॉब्लम में डाल लेते हैं पर अगर आप सिर्फ तीन सेकंड का पॉज ले लें तो आपके दिमाग में एक सेकंड इंपल्स आ सकती है जो कुछ इस तरह की हो सकती है कि मेरे पास छह काम पहले से है तो पर उनमें से चार अर्जेंट नहीं है और उनकी इस वीक की डेडलाइन है अगर मैं उनको होल्ड कर दूँ तो शायद काम हो जाएगा आप यही बात अपने बॉस को बताते हैं और आपका बॉस तुरंत अग्री कर लेगा क्योंकि आपने उसे एक सोल्यूशन दिया है जो कि आपको अपनी सेकंड इम्पल्स का वेट करने पर मिला है दूसरा एग्जांपल हम सड़क का ले लेते हैं आप सड़क पर जा रहे हैं और किसी ने आपको ऑलमोस्ट टक्कर मार दी है जैसे ही ये हुआ आपने उसे माँ बहन वाली भाषा में श्रीवचन सुनाना शुरू कर दिया आपको क्या लगता है ऐसे में सामने वाला अपनी गलती मानकर आपको सारी कहेगा बिल्कुल नहीं वो ईट का जवाब पत्थर ऐसी देगा और आपसे लड़ने भी लगेगा चाहे गलती उसकी ही क्यों ना हो लेकिन अगर आप कुछ कहने से पहले तीन सेकंड रुक जाते हैं तो शायद आप सवाल करें कि क्या हुआ भाई ऐसे क्यों चला रहा है और अगर आप मेरे जैसे हैं, तो आपके मुंह से निकलेगा सब ठीक तो है ना ऐसे क्यों भाग रहा है कोई हेल्प चाहिए हो तो बता और तो जब आप ऐसे सवाल करेंगे तो सामने वाला मजबूरी में आपसे नम्रता से बात करेगा तीसरा उदाहरण मैं आपके घर का लेता हूँ और आई एम श्योर अगर आप पति पत्नी हैं या किसी एक रिलेशनशिप में हैं तो आप एक बात से रिलेट भी कर पाएंगे पत्नी ने अपने पति को कुछ कहा और जवाब में पति ने पहले इंपल्स पर एक्शन लेते हुए गुस्से में ही जवाब दे दिया फिर पत्नी ने जवाब दिया और फिर पति ने वापिस जवाब दिया और थोड़ी देर में एक छोटी सी बात ने बड़ी लड़ाई का रूप ले लिया लेकिन अगर उनमें से एक भी परसेंट सिर्फ तीन सेकंड का एक पौज ले लेता तो लड़ाई शायद इतनी बढ़ती नहीं उस पौज के साथ ही आपके दिमाग में एक ख्याल आता कि इस बात को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है और हमें यही खत्म कर देना चाहिए और आप उस लड़ाई को वही खत्म कर देते और अगर आप उन लोगों में से हैं जो पहले बोल देते हैं और उसके बाद अफसोस करते हैं की आपको ये बातें नहीं बोलना चाहिए थी तो ये तरीका आपके लिए रामबाण हो सकता है जब आप कुछ भी बोलने के पहले सिर्फ तीन सेकंड का पॉज ले लेते हैं तो आपका दिमाग आपको सही और गलत की समझ दे देता है और आप गलत शब्द बोलने से बच जाते हैं मैंने मेरे पिछले कई वीडियोस में इस बात पर बहुत जोर दिया है कि जब भी आप कुछ बोलें, तो सिर्फ तीन सेकंड रुककर सोचिए और फिर कुछ बोलिए आज के इस वीडियो में भी मैं आपको वही बात कहूंगा की कुछ भी बोलने के पहले अपना मुंह खोलने के पहले सिर्फ तीन सेकंड रुक सोचिए और फिर बोलिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी आपकी कंडीशन कुछ भी हो सकती है पर अगर आप तीन सेकंड का एक पॉज लेने की आदत डाल लें तो ये बात आपकी जिंदगी बदल सकता है इस बात का मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ तो मैं आपसे फिर से वही कहूँगा अगर आप अपनी जिंदगी में खुशियाँ चाहते हैं सफलता चाहते हैं परिवार में सुकून चाहते हैं या फिर समाज में सम्मान चाहते हैं आप कोई भी एक्शन लेने के पहले कोई भी बात बोलने के पहले तीन सेकेंड का एक पौज लेने की आदत डाल लीजिए ऐसा करने पर आप न केवल सही डिसीजन लेंगे बल्कि लोग आपको समझदार भी मानने लगेंगे जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा दोस्तों ये बातें मैंने आपको लेजली बर्ड की किताब थ्री सेकंड ऑफ थिंकिंग प्राइस से बताई है ये किताब थोड़ी महंगी है इसलिए शायद सभी लोग इस किताब को ना खरीद पाएं, पर अगर आप खरीद सकते हैं तो जेरो